लीजिए जाना चाहिए चार हजार के लिए खड़ा हूं पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसे नहीं चलेगा लाइक लाइक पे देखे। ऐसा क्वेश्चन बजाते ही